देखिये जीवन का उद्देश्य क्या है मानव जीवन का लक्ष्य क्या है तो अलग अलग काम हम भले ही कर रहे हो लेकिन मानव जीवन का अंतिम लक्ष्य भगवान की प्राप्ति परमात्मा की प्राप्ति है। और भगवान कैसे मिलेगा तो तीन रास्ते भगवान को प्राप्त करने के हमारे ऋषियों ने मुनियों ने संतों ने कथाकारों ने बताए है एक मार्ग है ज्ञान मार्ग तो दूसरा मार्ग हमें बताया गया है भक्ति मार्ग अब आप कहोगे कभी कभी कथा सुनने तो आ सकते हैं लेकिन रोज तो भक्ति मार्ग ही नहीं हो सकते बाल बच्चों वाले हैं तो तीसरा रास्ता बताया कर्म मार्ग जो काम भगवान ने आपकी तरफ तय कर दिया वो मेहनत और ईमानदारी से करते चलो उनके मुखार विनने तो का अवसर मिला कमल जी तो का कर कथा का आयोजन करवा रहे ये कथाएं मनुष्य मात्र को सद्बुद्धि देती है और सम्मान पर चलने की प्रेरणा देती है वातावरण ही बदल जाता है इस आयोजन के लिए मैं भाई कपिल जी थोड़ा हृदय से धन्यवाद देता हूँ क्योंकि सद प्रवृत्तियाँ बढ़ती रहे इसके लिए ऐसे आयोजन जरूरी है